एक योगासन है जिसे साष्टांग कहा जाता है इस आसन में आप अपने शरीर के आठ बिंदुओं से जमीन को छूते हैं और वहीं रुकते हैं इस आसन में विशेष रूप से फेफड़े एक खास तरीके से काम करते हैं इसके कई पहलू हैं, पर हम सिस्टम में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं इस आसन में पूरा पल्मोनरी सिस्टम अनोखे तरीके से काम करता है ये उन आम आसनों में से एक है जिसे करते हुए आम पर कई गलतियां होने लगी हैं। हर भक्त को इस मुद्रा में जाना चाहिए पर निर्देश और समझ की कमी के कारण वो बस जमीन पर लेट जाते हैं यहाँ शरीर के आठ बिंदुओं को जमीन से छूने या साष्टांग करने का सही तरीका दिखाया जा रहा है वहीं रुककर आपको सामान्य से थोड़ी गहरी सांस लेनी है यहाँ माथा छाती दो हाथ दो घुटने और पैर के अंगूठे जमीन पर हैं। एडियां एक साथ हैं ऐसे रुकने पर सांस स्वाभाविक रूप से थोड़ी तेज हो जाएगी इसी तरह बने रहिए हो सके तो छह से सात मिनट तक वरना तीन मिनट से शुरू करें छे से सात मिनट ऐसा करने के बाद अपने शरीर को आराम दें, ताकि पूरा शरीर फर्श को छुए और फिर मकर आसन करें अगर आप पुरुष हैं तो बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखें अगर आप महिला हैं तो बाया हाथ दाहिने के ऊपर रखें उस पर अपना माथा रखें और अपने शरीर को तीन से चार मिनट तक आराम करने दें और फिर अपने दाहिने पैर को ऐसे घुमाएं कि जांग शरीर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए और घुटने से नीचे का हिस्सा भी आपके पैर के जांग वाले हिस्से के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए और अपना सिर दाईं ओर मोड़ें आंखें बंद सामान्य सांस और तीन से चार मिनट तक इस मुद्रा में आराम करें और दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें अपने सिर को बाईं ओर मोड़ें अपने बाएं पैर को ऐसी मुद्रा में लाएं जैसे आप लगभग कुर्सी पर बैठे हों यानी आपकी जांग शरीर के बाकी हिस्सों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएं और घुटने के नीचे पिंडली और टांग का अगला हिस्सा भी जांग के साथ नब्बे डिग्री पर हो और आपका सिर आपकी हथेलियों पर और बाईं ओर हो तीन से चार मिनट तक इस मुद्रा में आराम करें। अब फिर से छह से सात मिनट के लिए साष्टांग करें आप एक बार में ऐसे तीन चक्र कर सकते हैं और आप इसे दिन में चार से पांच बार कर सकते हैं खासकर क्योंकि आप में से अधिकांश लोग अभी मास्क पहने हुए हैं तो इन्फेक्शन के बिना भी ऑक्सीजन की कमी का खतरा है इसीलिए अगर आप दिन में चार से पांच बार ऐसा करते हैं तो आपकी ऑक्सीजन का स्तर जरूर बढ़ जाएगा और इसके बाद सिम्हा क्रिया करें ताकि आप रोगों से बेहतर लड़ पाए आज काफी चिकित्सा सबूत हैं, जिनसे पता चलता है कि ये वाकई कारगर है कई विश्वविद्यालयों ने इस पर शोध किए हैं तो इस पर बहस मत कीजिए बस ये आसन और क्रिया कीजिए ये एक पूरा इलाज या बचाव नहीं है पर हमें समझना होगा कि सेहत भी एक साथ पूरी तरह प्रकट नहीं होती हमारी सेहत कई कदम जो हम उठाते हैं उसका नतीजा होती है इस महामारी के समय कृपया ये कदम उठाएं और जितना हो सके ये पक्का करें कि आप उसका शिकार ना बने और ना ही इसे फैलाएं नमस्कारम और धन्यवाद साष्टांग और मकर आसन को खाली पेट की स्थिति में करना चाहिए यानी नीचे दिए निर्देशों के अनुसार कुछ समय रुककर यह दोनों अभ्यास करें भरपेट भोजन करने के बाद चार घंटे रुकें फल या कुछ बिस्किट जैसा नाश्ता करने के बाद ढाई घंटे रुकें चाय या कॉफ़ी जैसा कुछ पीने के बाद डेढ़ घंटे रुकें पानी पिया जा सकता है गर्भवती महिलाओं को साष्टांग या मकर आसन नहीं करना चाहिए हालांकि वे सिम्ह क्रिया कर सकती हैं